नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल दोस्तों आज राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य और लंबे उम्र की कामना भी की आपको बता दें कि राहुल गांधी जी का उनचासवां दिन उनचासवां जन्मदिन वे इस समय मना रहे हैं उनके जन्मदिन पर कई मंत्रियों ने उनको बधाई देते हुए ट्वीट किया आज के दिन यानी 19 जून को बुधवार को उनका जन्मदिन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट किया कि आप सदा खुश रहें और जन्मदिन की आपको बहुत भारी शुभकामनाएँ राहुल गांधी जी का अच्छा स्वस्थ हो और वे दीर्घायु बने रहें खैर ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था जो कि सबके लिए होता है हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच में तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में न जाने कैसे कैसे तंज कसे तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राहुल गांधी के बारे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी खैर ये होता है राजनीतिक मुद्दों और चुनाव में इस तरह का राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है लेकिन भाई जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पर जोक हो ही जाता है आज उनके जन्मदिन पर एक मंत्री महोदय ने ऐसा जोक मारा कि पूरा सदन हंसने लगा इतना नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठहाके लगाकर हंसे और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के चेहरे पर भी खूब स्माइल थी खैर ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में थैंक यू थैंक यू सर आली। थैंक यू डेलो राहुल जी का बर्थडे आज है राहुल जी का बर्थडे आज है कल।, कल है क्या तो ठीक है मैं हाँ हाँ तो मतलब राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है और मतलब आपको वहां बैठने का मौका मिला इसीलिए मैं आपको पार्टी बधाई देता हूँ आपने बहुत कोशिश की मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है आपकी सत्ता बहुत साल तक रही जब आपकी सत्ता थी वो मैं आपके साथ था कि पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ इधर आओ लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं <laughs> मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है <laughs> <ने> <laughs> तो के तो लोकतंत्र में होता है मतलब आप लोगों ने भी कोशिश की मोदी साहब ने कोशिश की हमने भी कोशिश की और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मानकर मैं अपोजिशन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास करने के लिए देश को चलाने के लिए कानून बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है और नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई जो भी छोटा दल हो कोई भी हो हम सबका तो सुनेंगे सबको न्याय देने का काम करेंगे सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेगी इसीलिए हमारी सरकार पांच साल चलेगी पांच साल होने के बाद और पांच सीट चलेगी और और बाद में पांच साल चलती रहेगी मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहे हैं। हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ तुम आ जाओ लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे इसी लिखी बात है मैं सबको आर्थिक बधाई देता हूं आपको मैं आर्थिक बधाई देता हूँ और आप ऐसा एक अनुभवी आदमी है आप ज्यादा हंसते नहीं है लेकिन आप ज्यादा हंसते नहीं है लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा तो फिर एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं आप हाउस पार्ट की तरह चलाए और कभी कभी मुझे भी बोलने का मौका दीजिए जय भीम जय भारत राहुल जी का बर्थडे आज है राहुल जी का बर्थडे आज है कल है क्या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 बात है मैं सबको आर्थिक बधाई देता हूँ आपको मैं आर्थिक बधाई देता हूँ और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है आप ज्यादा हंसते नहीं है लेकिन आप ज्यादा हंसते नहीं है लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा तो फिर एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ आप हाउस को अच्छी तरह चलाए और कभी कभी मुझे भी बोलने का मौका दीजिए जय भीम जय भारत